अब धनिया की मम्मी ने बनाया था छोले भटूरे और धनिया को बहुत पसंद है छोले भटूरे दबा के छोले भटूरे खाए धनिया ने आधे पौने घंटे बाद धनिया गया टॉयलेट में धनिया ने सोचा चलो यार थोड़ा हल्का हो गया आता हूँ और आपके और हमारी तरह ही धनिया फोन लेके बैठा था टॉयलेट में अब कुछ तो भी हुआ धनिया पेट साफ कर रहा था मजे से थोड़ी देर लंबा खींच गया धनिया का कार्यक्रम अब फोन खेलते खेलते उसका फोन गिर गया टॉयलेट में धनिया परेशान हुआ और धनिया ने बोला हे भगवान प्लीज बचालो टॉयलेट से जिन्ह प्रकट हुआ धनिया मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ अरे जिनंतल जिनंतल प्लीज मेरा फोन डाल दो मिला फोन दिल जाएलेट में परेशान मत हो धनिया ने कुल सुन रखी थी जिसमें गरीब लकड़े की कुड़ी पानी में गिर जाती है और एक देवी के के सोने की कुलाड़ी देती है। पर लड़का ईमानदारी ऐसी ईमानदारी का परिचय देते हुए धनिया ने कहा नई दिन अंतर ये फोन मिला नहीं है तुम्हारा ही है धोलो एक बार भाई धनिया को तो जिनने बचा लिया क्या आप भी टॉयलेट में फोन यूज करते हो कमेंट में जरूर बताना